यहाँ के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो आठ गांव के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे इसका असमेंट हुआ है दुनिया भर के कॉरपोरेट दुनिया भर के जो लुटखोर हैं उनका यहाँ के जो पूर्वांचल और बिहार के जो सस्ते मजदूर हैं उन पर उनकी निगाहें हैं साहब साहब बोलिए ये हमारे लिए नहीं कर रहे हैं हमारा बच्चा जिसकी औकात नहीं है कि जनरल में डिब्बे में सफ़र कर पाए वो जो है एयरपोर्ट में जाएगा जो तो दुनिया भर के मल्टीनेशनल हैं या अडानी अंबानी हैं क्या चावल गेहूँ जो है या यहाँ से नहीं जाए तो क्या खा पाएंगे जो है तो उसमें फोर्टी परसेंट महिलाएँ रखी जाती थी जो है जान कर रखी जाती थी जो है कि क्या कहते हैं कि उनका शोषण हो जाए हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है और इनसे भी इस मुद्दे पर बात करेंगे इनका क्या कहना है और इनकी क्या राय है वो भी हम जानेंगे क्या नाम हुआ आपका मेरा नाम राजीव यादव है मैं संयुक्त किसान मोर्चा से हूँ और यहाँ पर इस आंदोलन में इनके समर्थन में हम लोग लगातार यहाँ रह रहे हैं क्यों आंदोलन कर रहे हैं क्यों सरकार के खिलाफ जा रहे हैं और इन लोगों के पक्ष में जा रहे हैं हालांकि प्रोजेक्ट तो बड़ा बन, बहुत बड़ा बन रहा है फिर भी आप इसका विरोध कर रहे हैं क्या वजह है देखिए ये प्रोजेक्ट जो है ये गैरकानूनी प्रोजेक्ट है और सरकार ही गैर कानूनी काम कर रही है और ग्रामीण सरकार को कानून पे काम करने के लिए यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से ध्यान दे रहे हैं सरकार कह रही है कि योगी जी की ड्रीम है मोदी जी का ड्रीम है किसी के सपने से जो है ये देश नहीं चलता है जो है यह इस देश में हकीकत पे चलता है कानून पे चलता है संविधान पे चलता है जो भूम कानून है वो इस बात का बात कहता है कि अगर ग्रामीण का जो गाँववासी हैं उनका 80 परसेंट लोग अगर इस बात के लिए जब तक सहमत नहीं होते हैं कि जमीन ये दे दी जाए तब तक नहीं दी जा सकती है स्थानीय प्रशासन ने कहा था कि 80 प्रसेंट लोग यहाँ पे ए साहब जो यहाँ के हैं और उन्होंने कहा था कि 80 परसेंट लोग राजी हैं इस बात को लेकर तो ए साहब वो 80 परसेंट लोगों की जो है जारी करें लिस्ट जो है हम तो देख रहे हैं यहाँ पर हंड्रेड लोग धरने पर आ रहे हैं हंड्रेड लोग खड़े हैं कि जान देंगे ज़मीन नहीं देंगे दूसरा मैं एक आपसे ए साहब से आप आपके जरिए मैं बात पहुंचाना चाहूँगा डी साहब को भी योगी जी को मोदी जी को भी यहाँ का एन्वायरमेंटल असेसमेंट हुआ है यहाँ का जो कृषि उपजाई भूमि आप ले रहे हैं इसका असेसमेंट आपने किया है यहाँ के जो नागरिक यहाँ पर जो रहते हैं उनकी इकोनॉमिकल ग्राउंड का असेसमेंट किया है आपने यहाँ के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो आठ गाँव के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे इसका असेसमेंट हुआ है आप यहां के जो लोग हैं महिलाएं है, पुरुष हैं उनका चिकित्सा कहां करवाएंगे इसका असमेंट हुआ है ये देश में भूमि पर कब्जा करने का जो पूरा नीति है वो लाश पर से ग्रामीणों के गुजर रही है पहले आदिवासियों पे उन्होंने हमला किया अभी देखिए बात हो रही थी नर्मदा बचाओ आंदोलन में 37 साल से पुनर्वास की लड़ाई लड़ रहे हैं जो है तो हमको आप जो है एक दिन ज़मीन से बेदखल करके सड़क पर ला देंगे और हम मुआवजे की लड़ाई पुनर्वास की लड़ाई लड़ते रहेंगे हम कह रहे हैं कि अगर आप असेसमेंट दिखाइए दूसरा मैं साफ तौर पे कहूँ कि प्रशासन गुमराह कर रहा है अगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का कुछ मामला है यहाँ पर तो आप बताइए कितनी ज़मीन लेंगे किधर लेंगे आप प्रोजेक्ट पूरा लाइए कभी कहते हैं हम इधर लेंगे कभी उधर लेंगे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, है ना ये जो मानक होंगे अंतर्राष्ट्रीय मानक पे ये हवाई अड्डा बनेगा ना कि हमारे घर का म, म, मतलब है कि जहाँ पर हम चाहेंगे वहाँ पर बना लेंगे जो है ये नहीं इस तरह से बनेगा तो ये गैर कानूनी तरीके से ये सब काम हो रहा है और इसमें भी आप देख लीजिए कि अगर यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि एसडीएम साहब से हम पूछेंगे आपके जरिए कि आप क्यों झूठा हैं आप आ रहे कह रहे हैं कि आपका फसल का आकलन करने आए हैं और सर्वे आए हैं आप कह रहे हैं कि आ, रात में आप सर्वे कर रहे हैं आप कौन सा आ, सर्वे रात में होता है बता दीजिए जो है रात के अंधेरे में मतलब आप चोर हैं हैं? मन कि पहले लड़े थे हम गोरों से अब लड़े इन चोरों से और किसान लड़ रहा है ये चो चोर हैं सब जो है ये ये जो ये बन रहा है एयरपोर्ट जो है आप कह रहे हैं कि चाचा बात कर रहे थे कि एयरपोर्ट बना रहे हैं आप एयर इंडिया को बेच दिए हैं तो किसका विमान उतरे गए पर अडानी का अम्बानी का किसका उतरेगा मान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जिनके नाम से सब लोग वाफिफ हैं पूरा किसान यहाँ का जागृति लाया उनके नाम पर जो लखनऊ में हवाई अड्डा था उस पर चौधरी चरण सिंह के नाम पर उसको अडानी का हवाई अड्डा बना दिया तो आप कह दीजिए ना कि आप दलाली करने आए हैं और आप ग्रामीण ये दलाली करने आए हैं और अडानी अम्बानी के लिए आप ज़मीनें कब्जा करेंगे कल कर अडानी अम्बानी को दे देंगे तो लाइए ना अडानी अंबानी को सामने ये क्या माने दलाली करने का कर मामला है जो है साफ लाभ लाइए और देश में पूजी पति निर्धारित करता है कि शैंपू के कितने रुपए में बिकेगा नमकीन कितने रुपए में बिकेगा और हमें हम एमएसपी की लड़ाई लड़ते हैं हम अपने धान की बता रहे हैं कि कीमत इतने में बिकना चाहिए तो आप नहीं दे रहे हैं तो ये जो पूरा हुआ है एक चीज और साफ कर दू की जो मामला है कि जो लोग हमारे भाई बंधु जो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा तो विकास होगा इस गांव के क्योंकि तो एक चीज़ होता है कि साफ तौर पर हम लोग अपना हित देखते हैं और जो दूसरे का हित को नकार देते हैं अपना हित देखते हैं उन लोगों के मेरा एक आपके जरिए साफ संदेश है कि हम लोगों की हैसियत क्या है कि हम लोग पूर्वांचल बिहार के जो लोग हैं हम लोग गिरमिठिया मजदूरों के बुलाते हैं अंग्रेज जिस तरह से हमारे आ, माताओं बहनों को पुरुषों को यहाँ से ले गए और जो मयूसिनार ले गए तो उसमें फोर्टी परसेंट महिलाएँ रखी जाती थी जो है जानबूझकर रखी जाती थी जो है कि आ, क्या कहते हैं कि उनका शोषण हो गया तो हमारे मजदूरों का सदियों सदियों से शोषण होता रहा है आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना करके दुनिया भर के कॉरपोरेट दुनिया भर के जो लुटखोर हैं उनका यहाँ के जो पूर्वांचल और बिहार के जो सस्ते मजदूर हैं उन पर उनकी निगाहें हैं जिस तरह से इंडिया के लोगों पर देखते हैं हम लोग क्या डॉक्टर का पढ़ने के बाद चला जाता है विदेश उसी तरह से इस एरिया का मजदूर सबसे सस्ता मजदूर है जो है जो हम आजादपुर सब्जी मंडी से भी मंडी में बोरा ढोकर के अपने खेती करते हैं किसानी करते हैं जो है हैं तो आप इस दुनिया का सस्ता मजदूर का एक लेबर मार्केट बनाने जा रहे हैं मतलब मजदूरों की मंडी बना जा रहे हैं मतलब की से शोषण किया जाएगा शोषण किया जाएगा आज ब, आप बता दीजिए ना जा करके अल्लाहपुर में देख लीजिए इलाहाबाद में जा करके कहते हैं सदर चौक पे लखनऊ में देख लीजिए जाके आप बनारस में देख लीजिए वहाँ पूर्वांचल के मजदूरों की मंडियाँ लगती हैं उसी मंडी को आप यहाँ से चलाएंगे आजमगढ़ में भी लगती हैं आजमगढ़ में भी लगती हैं दूसरा मामला मैं मा कहूँ आपके माध्यम से एक्सप्रेस वे आपने बनाया अब कह रहे हैं कि एक्सप्रेस वे के किनारे हम रेल की पट्टी बिछाएंगे अब कह रहे हैं हम गोरखपुर से बनारस से रेल की पट्टी बिछाएंगे साहब साहब बोलिए ये हमारे लिए नहीं कर रहे हैं हमारा बच्चा जिसकी औकात नहीं है कि जनरल में डिब्बे में सफ़र कर पाए वो जो है एयरपोर्ट में जाएगा आप एयरपोर्ट के सामने हमको भटक भटकने तक नहीं देंगे जो है और आप ये जो कर रहे हैं आप पूरा का पूरा चंडीगढ़ से लेकर तक हाईवे बनाने के चक्कर में जिस तरह से अंग्रेजों ने लुटने के लिए कच्चा माल लुटने के रेल की पटरियां बनाई थी उसी तरह से आप ये पूरा बना रहे हैं और बनारस को एक बड़ा हब बना रहे हैं इंडस्ट्रियल हब बना रहे हैं तो ये आप क्लियर करिए ना कि आप पूँजीपतियों के लिए ऐसा काम कर रहे हैं और साफ़ तौर तो पर मैं कहूँ कि चाहे गंगा एक्सप्रेस का सवाल हो चाहे उन्न एक्सप्रेस का सवाल हो चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस का सवाल हो चाहे आज ये सवाल है आप कहीं पर देख लीजिए मैं इसका दावे से हिसार बना जो परियोजना बन गई है ख़त्म हो गई है जो शुरू नहीं है वहाँ पर कृषि का असेसमेंट हुआ है कि नहीं मारे साथी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे थे बता दिया जाए कि चावल और गेहूँ क्या किसी फैक्ट्री में बनाया जा सकता है योगी जी मोदी जी चाहे दुनिया भर के आ, जो राष्ट्र देश हैं सबसे हम कहेंगे कि जो दुनिया भर के मल्टीनेशनल नेशनल हैं या अडानी अंबानी है क्या चावल गेहूं जो है या यहाँ से नहीं जाए तो क्या खा पाएंगे जो है क्या होना चाहिए देखिए साफ तौर पर है कि मेन एजेंडा है अगर पूर्वांचल की बात करेंगे तो योगी सरकार में ही कोरोना काल में इकतीस जिलों से अड़तीस लाख मजदूरों का पलायन ऑफिसियल हुआ है और जबकि उस पलायन को आप देखेंगे तो सवा करोड़ रुपए सवा करोड़ लोगों से ज़्यादा का पलायन पूर्वांचल में हुआ है मतलब कि एक कोरोना में सिर्फ सवा करोड़ लोग आ गए होंगे कितना लोग रुक गए होंगे अब उनके लिए क्या बनाया आपने माइग्रेशन कमीशन बनाया क्या कोई काम हुआ किसी मजदूर से पूछिए माइग्रेशन कमीशन कोई काम हुआ कामगार कमीशन बनाया पूर्वांचल का अगर हमारा विकास करना है तो नाइन्टी में पूर्वांचल विकास निधि बनी थी कुछ नहीं हुआ योगी जी आए और कहा कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और पूर्वांचल विकास आयोग बना दिया उन्होंने अब पूर्वांचल विकास आयोग का दफ्तर गोरखपुर में खोल दिया पूर्वांचल विकास आयोग क्या कर रहा है बताएं हम लोग तो मजदूरों के किसानों की औलाद हैं यही हमारी सच्चाई है हमारे लिए क्या आपने किया ये बताएँ और मैं सिर्फ योगी और मोदी से नहीं मेरा सभी सरकारों से सवाल है आज हमारी आइडेंटिटी एक मजदूर की है जो है हम आज़ादपुर सब्जी मंडी से भी मंडी में हमारी ऊपर से बिहारी करके हमारी आइडेंटिटी है हमको लोग बिहार का आ, समझते हैं जो है हमारी पूर्वांचल बिहार के लोगों को कम से कम आइडेंटिटी तो है हमारी तो अभी आइडेंटिटी नहीं है जो है और और लगातार ये पूरा का पूरा एक जो ये इलाका है दुनिया भर में जहाँ जहाँ विकास हुआ है वहाँ सब अयासी का हब बन गया है हैं आप कह रहे थे जब धारा तीन कश्मीर से हटाए तो कहे कि आप जो है यहाँ पर जो है ज़मीन ले लेंगे लोग जो है और और यहाँ पर क्या कहते हैं और यहाँ की लड़कियों से लोग शादी कर लेंगे हैं? कितनी जली टाइप की बातें उसमें हुई वहाँ जमीन कश्मीर में आप हमसे ज़मीन खरीदवा रहे हैं और हमारी आकर के आ जाए ज़मीन छीन रहे हैं जो है नहीं क्या माना आपने बना लिया है और ये जो सोच रही सरकार की जात के नाम पर धर्म के नाम पर क्षेत्र के नाम पर हमको बाँट देगी तो ये सरकार मुगालते में है हम बटने वाले नहीं हैं आप देख लीजिए इसी गांव में तमाम आ, माने जातियों के लोग हैं तमाम विभिन्न धर्मों के लोग हैं लेकिन धरने पर एक ही टाट पर सब लोग एक साथ बैठकर के बैठे हैं और लगातार आज नौवा दिन है और कल डेट में के साथ मोर्चा के पूर्वांचल के तमाम नेता हमारे बीच में आएंगे मेरा पाटकर जी जो आंदोलनों के नेता हैं लगातार इस आंदोलन के वो टच में हैं लगातार जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है जिसमें राकेश टिकैत जी हैं उग्रहा जी हैं दर्शनपाल जी हैं और तमाम साथी लोग हैं उसमें तो उन लोगों की जो नौ सदस्यीय कमेटी है उससे भी लगातार टच है और वो लोग भी यहाँ पर आएंगे और हम जो इस पूरा ये सवाल जो है कि जमीन हमको अब हम मुआवजे के नाम पर दे देंगे तो हम मुआवजे के नाम पर नहीं देंगे साहब क्या नाम बताया आपने मेरा नाम यादव है मैं संयुक्त किसान मोर्चा से हूँ तो राजीव यादव की जो बातें हैं आपको अगर स्पष्ट रूप से समझ में आ गई हो तो उस पर गौर करने की ज़रूरत है और इनकी बातों को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वाकई में यहाँ के जो मूलभूत सुविधाएं थी वो तो छीन ही जा रही हैं और इन्हीं सब लोगों को लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं इस पर भी आप लोगों को गौर करने की ज़रूरत है खास करके सरकार और स्थानीय प्रशासन की कैमरे के पीछे राकेश है और मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और आप देख रहे थे न्यूज़ नाइन नेटवर्क बहुत बहुत धन्यवाद